जमे अर्निंग ऐप के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है गेम एज इस गेम में साइनिंग करने पर पचास रुपये बोनस मिलता है और इसमें बहुत सारे गेम हैं जैसे खिलाफ प्रूफ दिखा रहे हैं ओपन होगा तो अपना तो गेमेज।, गेमेज इसमें गेम है on the dam that got the chance to join the cascade these up close steps the guy here move to my side with me yeah and i saw for for tak da ti to sun rosh